नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार आदरणीय माताए पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम पूजनीय माता पिता, पूज पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि पूरा विश्व करना चाहे आपके जैसा आज हम सब सीखेंगे सोने की उत्तम विधि हम कैसे सोए ताकि स्वास्थ्य भी अच्छी हो और नींद भी अच्छी आए तो चलिए हम सब सीखते हैं सर्वप्रथम हमें ध्यान रखनी है कि सर हमेशा दक्षिण दिशा में हो अन्यथा पूरब हो और सोने के समय में तकिया हम इस तरह के लें पतली तकिया हो ताकि हमारा सर इस ज़्यादा सर में ज़्यादा मोर नहीं होनी चाहिए इस तरह से इस तरह से ज़्यादा गर्दन में मोर होने कारण यहां के कारण यहाँ के नर्वस सिस्टम में ब्लड संचार के आने जाने में बाधित होने कारण हम कभी कभी गर्दन के दर्द से परेशान हो जाते हैं कभी बाजू के दर्द से परेशान हो जाते हैं इस दर्द का मूल कारण है कि सर मुरा हुआ सारी रात अगर रह रा जाता है इस तरह से इस तरह से तो ये दर्द का कारण बनता है तो तकिया थोड़ा पतली हो ये हमें ध्यान रखना है अब आइए हम सोकर दिखाते हैं किस तरह से सोनी है इस तरह से 10 से 20 मिनट तक चित्त सोनी है 20 मिनट चित्त सोनी है और अपने मनोभाव और मनोदशा को परमात्मा से जोड़नी है भगवान से धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास करेंगे कि हे प्रभु हे भगवान हे मालिक अब हम आपके शरण में आ रहे हैं आप अब हम हमें अपने शरण में लेना है प्रभु हे भगवान आप ही हमारे सच्चे माता पिता सखा साथी बंधु सभी आप हैं प्रभु यह संसार तो कुछ दिन का साथी है यह संपदा यह कुछ दिन का साथ है सच्चे माता पिता तो आप हो प्रभु अब मैं आपके शरण में आ रहा हूँ अपने शरण में लेना हे मालिक हे प्रभु हे भगवान इस तरह हमारा मनोभाव और मनोदशा हो धीरे धीरे हम भगवान से जुड़े हैं वही हमारे सच्चे माता पिता हैं इस संसार बनाए और इस संसार बनाकर कुछ दिन के लिए हमें यहाँ भेजे हैं ऐसा भाव हो हमारा और 10 से 20 मिनट इसी तरह रहते श्वास पर ध्यान देनी है ना भी फेफड़ा में श्वास आ रही है जा रही है उस श्वास को देखते रहिए देखते रहिए 10 से 20 मिनट इसी तरह रहिए और फिर बाया करबट हो जाते हैं अब बाया करबट इस तरह से सो जानी है और चार पाँच घंटा इसी तरह से पहली नींद बाया करबट ही सोनी है इससे हमारा पेट और हार्ट का फंक्शन में काफ़ी सुधार होता है हमारे शरीर के अंदर हार्ट एक ऐसा मशीन है कि इसे कभी आराम नहीं मिलती है ये हमेशा कार्यरत रहता है तो उसके ख्याल से पेट के ख्याल से हमें पहली नींद चार पाँच घंटे बाया करवट ही सोनी है उसके बाद जब नींद खुले तो यदि कब्ज रहता है तो हम इस तरह से सो जाते हैं कब्ज हो तो इस तरह से एक दो घंटा सो लीजिए अन्यथा इस तरह से सो लीजिए और यदि पेट स्वाभाविक रहता हो तो दाया करबट इस तरह से एक दो घंटा इस तरह से सो लीजिए दाया करबट इस तरह से सो लिए एक दो घंटा तो आज हम सब अपने महापुरुषों द्वारा बताए गए सोने की विधि सीख लिए हैं हमारे महापुरुष पूरा जीवन जीवन को समझने में लगा दिए ताकि आने वाला हमारा पीढ़ी किसी न किसी विधि को अपनाकर अपना जीवन श्रेष्ठ और उत्तम आनंदमय जिए तो हम भी इसी तरह जिए यही आशीर्वाद के कामना रखते हुए आप सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत